पिछले पार्ट में हमने देखा की राजस्टार को हैकर ने किडनैप कर लिया होता है भाई को गए होते हैं। और हैकर ज्ञान भाई बैट लेडीन और सुनीता को अभी बंदी बना लिया होता है देन तब हैकर पे गन कर लेता है राजस्टर को गोली मारने ही वाला होता है तब ही एक PUBG से उसके पिस्तौल पे शूट करके उसका पिस्तौल नीचे गिरा देता है और फिर उस पब्जी प्लेयर के टीममेट आगे अज्जू भाई ज्ञान भाई सुनीता एंड बैट लेडी एन को बचा लेते हैं और लास्ट में उसे हैकर का क्या होता है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा लास्ट में फ्री फायर और पबजी प्लेयर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, बट तभी वो हैकर पीछे से आ जाता है लेकिन तभी राइटर भी पीछे से आके उस हैकर को और मार देते हैं सभी फ्री फायर और पबजी प्लेयर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं